वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक मित्र सॉल्यूशन तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपका मोर्फो का सीरियल नंबर मिट गया हो या फिर बार बार सर्विसिंग की वजह से टेपिंग की वजह से आपका सीरियल नंबर जरा सा भी ना दिखाई दे रहा हो तो हम अपनी मोर्फो का सीरियल नंबर कैसे निकालेंगे तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आइए और देखते हैं फाइनली हमें करना है अपना कनेक्ट डि प्रिंटर्स खोलने के बाद हमें देना है मॉर्को स्मार्ट डिस्प्ले करना है हमें राइट क्लिक राइट क्लिक के बाद जाना है हमें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्लिक करेंगे हार्डवेयर पे हार्डवेयर के बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसमें हमें देखना है डिटेल्स डिटेल्स में जाने के बाद हम इस पोर्शन में सेलेक्ट करेंगे डिवाइस इंस्टेंस पाथ तो डिवाइस इंस्टेंस पाथा हमारा डिवाइस पाथ इसके बाद हमारा यहाँ ये यह जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, I014357, हमारा का है। सबसे आपको बता दिया मॉर्कोलबर निकालने का निकाल इसके साथ साथ आप अपने मॉर्को के सीरियल नंबर से इसकी वेलिडिटी भी चेक कर सकते है की आपके मॉर्को का वेलिडिटी कब तक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ इसके लिए आपको करना क्या है क्रोन पे जाना है में आपको सर्च करना है मो वैलिडिटी इस पहला लिंक को क्लिक करेंगे कि हमारा आर का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा यहां पर हमें डालना है अपना सीरियल नंबर हमारा सीरियल नंबर था 1822 मिला लेना है। ती है। ठीक बाद करेंगे। ये वैलिड है सबमिट तो यहां पे शो करेगा कि को रजिस्ट्रेशन कराया अपने मोर्को का और ये कब तक वैलिड है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो